अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि में अपनी केवाईसी कराई है उसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं आया है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना पीएम किसान का आधार ऑथेंटिकेशन ई e केवाईसी का स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप क्या जो आधार ऑथेंटिकेशन का स्टेटस है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं पीएम किसान का ई e के का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ऊपर आपको सर्च बार में टाइप करना है पीएम किसान पीएम किसान आपको टाइप करने के बाद एंटर कर देना है एंटर करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी पीएम एम किसान की उस पर आपको क्लिक कर देना है हाँ सम्मान निधि का डैशबोर्ड खुल जाएगा उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है उसके बाद आपको साइड में यहाँ पे पेमेंट सक्सेस में एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ब्लिज डैशबोर्ड या पंचायत डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा उसके नीचे आपको यहाँ पर इस्टेट और डिस्टिक और सब डिस्ट्रिक्ट ब्लेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपना ब्लेज सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके आधार स्टेटस में जो टोटल ऑथेंटिकेशन के लिए भेजे गए हैं वो यहाँ पे दो सौ और जो सक्सेस हुए हैं वो 222 उसके बाद जो फेल्ड हुए हैं वो दो और जो टोटल इसमें इनिलीजिबल थे वो 23 हैं उसके बाद हमें यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन इस्टेटस देखना है जिसमें हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से नाम है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल जैसा कि यहाँ पे जो फील्ड हुए हैं वो दो हैं तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑथेंटिकेशन फील्ड इसमें आपको नीचे बेनिफिशरी के नाम मिल जाएंगे उनके पिता का नाम मिल जाएगा तो वह आप यहां से पता कर सकते हैं कि किसका ये अनसक्सेस हुआ है सो so फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना जो ईकेवाईसी का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं तो आशा करते हैं ये वीडियो का आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें